में में ना ना ना महाजा डो मीसको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 को हाम भर होना कहा जा धुआं जा। निकल रहा है धुआँ निकल रहा है न न तहजा बोलो भान पी खालो नहाजा पी सके खालो नहाजा बोलो बम बोलो जो यहाज भान पीसके खालो नहाजा बोलबम बोलो जो यहाजा भान पी सके भान पी सके पी सके